सुनाई so, आप लोगों को पचास दूर चला था जब गांव में और यहाँ जो सीन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ये चेक करे आप